2014 के मेरे इन शब्दों को महाभारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं सौगंध मुझे इस मिट्टी की सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा।, दूंगा आज छब्बीस जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस को हम भी मोदी जी की तरह एक प्रण करें, हम भी देश के लिए वफादार रहे वंदे मातरम